ओम शांति बीके की इस रसोई में आपका स्वागत है आज हम लोग इस रसोई में पहली बार मिल रहे हैं इसलिए इस रसोई की शुरुआत हम कुछ मीठे से करते हैं और आज हम बेसन के लड्डू बनाने जा रहे हैं ये बेसन के लड्डू भी हम तैयार करेंगे और साथ ही इन लड्डुओं को अपने प्यारे परमेश्वर को भोग के रूप में समर्पित भी करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं बेसन के लड्डुओं की बेसन के इन लड्डुओं को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा कप बेसन लिया है ये बेसन मोटा भी हो सकता है महीन भी हो सकता है अपनी चॉइस पर है साथ ही इसमें डालने के लिए हमें चीनी की ज़रूरत होगी चीनी मैंने एक बड़ा कप लिया है ज़रूरत के अनुसार डालेंगे ये चीनी पिसी हुई है लेकिन बहुत महीन नहीं पिसी है साथ ही देसी घी ये दो बड़े चम्मच हम इसमें डाल सकते हैं एक कप बेसन के हिसाब से और ये कुछ खरबूज के बीज बीज हैं जो हम इन लड्डुओं में डालेंगे लेकिन ये पूरी तरह से ऑप्शनल है हमने कढ़ाही को गैस पर गरम होने के लिए रख दिया है और इस समय गैस की फ्लेम मीडियम लो है और साथ ही अब हम इसमें दो बड़े चम्मच देसी घी के डाल रहे हैं ये लड्डू काफ़ी पौष्टिक होते हैं इसलिए देसी घी का इस्तेमाल करें और लड्डुओं का स्वाद भी इससे बहुत बढ़ता है घी को गरम होने देते हैं अब ये घी गरम हो गया है क्योंकि इसमें हल्की सी भाप दिखाई देने लगती है और अब हम गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे साथ ही अब हम इसमें बेसन डालेंगे गैस की फ्लेम जो गैस है वो बहुत धीमी हो जानी चाहिए इस समय नहीं तो फिर बेसन जलने लगेगा घी गरम है और अब हम धीरे धीरे से इसमें बेसन डाल रहे हैं साथ के साथ हम इसे स्पैचुला से चलाते भी जाएं जिससे कि घी में बेसन नीचे जलने ना पाए इसे बराबर से चलाते रहना है चारों तरफ से लगातार ऊपर नीचे करते हुए हम इसे मिलाते जाएंगे बेसन को हम लगातार धीमी आँच पर मिलाते हैं घी के साथ और इन्हें अब हमें भूनते जाना है थोड़ी देर में हम देखना शुरू करेंगे कि ये जो बेसन का कलर है वो चेंज होगा और इसकी अरोमा जो खुशबू है वो भी हमें मिलने लगेगी लेकिन तब तक हमें इसे लगातार चलाते जाना है मिक्स करते रहना है घी के साथ ऊपर से नीचे की तरफ बराबर से हम इसे हिलाते हुए मिला रहे हैं मिक्स कर रहे हैं और ये गरम कढ़ाही में घी के साथ भुन रहा है हम इसे साथ साथ में जो बेसन खड़े से दिख रहे हैं उन्हें भी हम दबा रहे हैं बेसन को हम तकरीबन सात से आठ मिनट तक लगातार भूनते रहेंगे इन्हें बराबर से चारों तरफ से ऊपर से नीचे की तरफ मिलाते हुए साथ में जो बेसन के खड़े से टुकड़े हैं उन्हें भी हम दबाते हुए मिक्स कर रहे हैं और अच्छी तरह से हमें इन्हें भूनना है क्योंकि बेसन के लड्डुओं का स्वाद यहीं से तय होता है और अगर हम इन्हें बराबर से नहीं चलाएंगे तो ये कहीं कच्चे और फिर कहीं पक्के से लगेंगे इसलिए हम इन्हें बराबर से मिक्स करते जाते हैं थोड़ी मेहनत है मगर स्वाद इसी से आता है हमें बराबर से लगातार इसे चलाते जाना है करीब सात से आठ मिनट लगे हैं ये बेसन भून चुका है इसका कलर आप देख रहे हैं थोड़ा बदल गया है क्योंकि भुने हुए बेसन का रंग अब थोड़ा गहरा हो जाता है और साथ के साथ में इसका जो अरोमा है जो खुशबू है भुने हुए बेसन की वो अब आने लगी है बहुत अच्छी तरह से और घी जो है वो बेसन में अलग सा दिखने लगता है बेसन घी से अलग दिखने लगता है छोड़ता है घी को तो वो आप देख सकते हैं और अब हमने गैस की फ्लेम बंद कर दी है कड़ाही गरम है और अब हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे थोड़ी देर तक हमने बेसन को कुछ देर के लिए गरम कढ़ाही में ही रहने दिया और उसमें लगातार चलाते हुए उसे भून लिया है लेकिन अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो सके इसका तापमान थोड़ा कम हो जाए इसलिए इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और इसे इसमें अच्छी तरह से फैला देंगे और थोड़ा थोड़ी देरी से इसमें रेस्ट करने देते हैं जिससे कि ये थोड़ी ठंडी हो जाए इसमें चीनी अभी नहीं डालेंगे थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम हो जाए अभी ये बहुत गर्म है तो इसे अभी हम रख देते हैं अभी हम इसे थोड़ा सा और ठंडा होने देंगे बिल्कुल ठंडा नहीं करना है लेकिन कुछ और इसका तापमान कम हो जिससे कि हम इसमें चीनी मिला सके बेसन को हमने तकरीबन दो से तीन मिनट के लिए रेस्ट करने दिया और अब हम इसमें यह पिसी हुई चीनी डालने जा रहे हैं ये चीनी पिसी हुई है लेकिन ये महीन पिसी हुई नहीं है इसको हमने दरदरा ही पीसा है और एक कप बेसन के लिहाज से हमने आधा कप चीनी का इस्तेमाल किया है ये बड़ी, बड़ी कटोरी से हमने नाप लिया है तो अगर एक बड़ा कटोरा हमने बेसन लिया था तो आधा कटोरा चीनी का इस्तेमाल किया है जो कि दरदरी पिसी हुई चीनी है अब इसमें हम ये खरबूज के बीज मिक्स करेंगे ये खरबूज के बीज मैंने पहले ही देसी घी में रोस्ट करके निकाल लिए थे तकरीबन एक चम्मच के करीब ये बीज हैं जो मैंने इसमें मिक्स किया है और अब हम लगातार इसको बराबर से चलाते हुए चारों तरफ से मिक्स कर लेंगे इसको चारों तरफ से चलाते जाएंगे चीनी इसमें बराबर मिक्स हो जाएगी ये लड्डू बच्चों को भी बेहद पसंद आते हैं और दरदरी पिसी हुई चीनी होने से इसमें एक हल्का कुरकुरा सा स्वाद बना रहता है बेसन को हमने अभी चीनी मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए दो से तीन मिनट के लिए फिर से छोड़ दिया था जिससे कि ये थोड़ा और ठंडा हो जाए लड्डूओं को बांधने में मदद मिलती है इससे और अब हम ये बेसन थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो अब हम इन लड्डुओं को बांधना शुरू करते हैं ये बेसन ना तो पूरी तरह से ठंडा है और ना ही पूरी तरह से गर्म है और इन्हें इस गर्म में ही अगर हम बांधेंगे तो लड्डू बहुत आसानी से और चिकने बनते हैं हथेली और उंगलियों के बीच में हल्का सा दबाव देते हुए इन लड्डुओं को बांधना हम शुरू करते हैं ये सुंदर और प्यारे लड्डू और साथ में इनका स्वाद बहुत अच्छा आता है बड़ों के साथ बच्चों को भी ये बहुत भाता है और ये बहुत पौष्टिक होता है और अब तो जाड़े की शुरुआत होने जा रही है और ठंड में ये लड्डू बहुत काम आएंगे इन्हें हम बनाकर कर एक से दो हफ्ते तक भी आराम से रख सकते हैं फ्रिज फ्रिज के अंदर ये भुने हुए बेसन है, भुना हुआ बेसन साथ में दरदरी पिसी हुई चीनी का कुरकुरा सा स्वाद इन लड्डुओं की सबसे बड़ी खासियत होती है आप इन लड्डुओं को ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरह से हथेली और उंगलियों के बीच हल्का सा दबाव देते हुए इन लड्डुओं को बांधने में कोई दिक्कत नहीं आती है और ऊपर से एक्स्ट्रा घी की भी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है ये आराम से ये लड्डू इस घी में बंध जाते हैं घी की वजह से इनमें एक शाइन एक चमक बनी होती है देखने में ये सुंदर लगते हैं और खाने में ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं और साथ के साथ पौष्टिक होते हैं तो इस तरह से हम इन सभी लड्डुओं को एक एक करके बाधते जाएंगे हमें कोई बहुत मेहनत नहीं लगती है घी पर्याप्त होता है बेसन भुने हुए होते हैं हल्का सा दबाव हमें देना होता है इस तरह से यदि घुमा देंगे तो ये थोड़े से चिकने हो जाएंगे हमारे लड्डू तैयार हो चुके हैं एक बड़ा कप बेसन और इसमें हमने तकरीबन 18 से 20 मीडियम साइज़ के बेसन के लड्डू तैयार कर लिए हैं ये लड्डू तैयार हैं इन्हें हम दो हफ्ते भी बहुत आराम से यदि ये बच जाते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये सारे लड्डू तैयार हैं अब हम इन लड्डुओं को अपने प्यारे परमेश्वर पिता को समर्पित करने जा रहे हैं भोग के रूप में उन्हें भोग लगाएंगे और मैं अब भोग की थाली तैयार कर रही हूँ अब हम भोग के लिए थाली लगाने जा रहे हैं तो मैंने बाबा के भोग के लिए ये थाली निकाल ली है और अब इस छोटी सी प्यारी सी कटोरी में हम बाबा के लिए ये ये बेसन का लड्डू रख रहे हैं जो हमने बहुत प्यार से बनाया है परमात्मा को लगाया हुआ भोग हमारे भोजन की क्वालिटी को और बढ़ा देता है क्योंकि उसमें परमात्मा दुआएं शामिल हो जाती हैं ये कुछ कटे हुए फल हैं जो मैंने रख लिए हैं साथ में एक ग्लास में मैंने पानी रखा है और एक चम्मच ये पूरी भोग की थाली ठीक हम वैसे ही तैयार करते हैं जैसे हम घर के किसी वरिष्ठ के लिए तैयार करते हैं और अब हम बाबा को भोग लगाने जा रहे हैं साथ ही मैं अब आपसे कहूंगी कि आप भी इन लड्डुओं को बनाएं खाएं खिलाएं ओम शांति